मैं इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सम्मानित दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। से आके आज हम बात करेंगे कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं, उनके लिए मई माह का ये राशिफल क्या कुछ नवीनता लेकर के आया है क्या कुछ शुभता लेकर के आया है इस माह में आप लोगों के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे इस माह को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे कौन से दिव्य उपाय हैं जिनको करके आप अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं तो दर्शकों से पहले बताते हैं सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानमंत्री जन्म राशि न चिंतन विवाहित सर्व मांगल्य यात्रायाचर जन्म राशि प्रधानमंत्री नाम राशि न चिंतन है तो नाम राशि की प्रधानता मत दीजिएगा जो भी आपकी वास्तविक जन्म राशि है उसकी प्रधानता आप लोग दीजिएगा यदि आपको वास्तविक जन्म राशि का बोध नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी आपका, और बर्थ प्लेस को ड्रॉप कर दीजिए हमारा यथा संभव प्रयास रहेगा कि आपको आपकी वास्तविक यथेष्ट राशि से अवगत कराएं तो दर्शकों देखिये तुला राशि हो गई वृश्चिक राशि हो गई धनुराशि हो गई करोड़ों करोड़ लोगों की है तो दर्शकों 100% सटीकता ऐसी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों के ऊपर ही बिल्कुल सटीक ही बैठे लेकिन हाँ कुछ आप लोगों के जो आप लो है आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए कुंडली तैयार की जाती है आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म के समय और जन्म के स्थान के आधार पर तो उसके बाद उस कुंडली से पता चलता है कि आपका क्या था प्रेजेंट में क्या चलना फ्यूचर में क्या होगा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 आप लोग संपर्क कर सकते हैं फोन कर सकते हैं यदि फोन कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप पर आप लोग प्रोसेस पूछ सकते हैं साथ ही साथ ये जो महामारी चल रही है इसके बारे में हमने 4 अक्टूबर को एक वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ था आप उसके कुछ अंश देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस लिंक को जाकर के आप लोग देख सकते हैं उसके बारे में ये महामारी जो फैलेगी हो बहु चीजें हमने बताई थी साथ ही साथ दुर्घटना के बारे में भी बताया था कि प्लेन दुर्घटना होगी भूकंप के बारे में भी बताए थे पहले आप इन लोग इस वीडियो को देखिए उसके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 प्रबल घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से से संबंधित कोई कोई बड़ी दुर्घटना हो हो सकती है, कोई वायुयान हो सकता है, वायुयान वायुयान क्रैश सकता जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो तो दर्शकों जैसा कि आपने वीडियो में देखा ये कोई संक्रमण कोई महामारी विश्व लेवल पर फैल सकती है बच्चों को बहुत ज्यादा कष्ट होगा वायुयान दुर्घटना होगी सभी चीजें हुई है तो खैर आप लोग जहा रहिए सुरक्षित रहिए स्वस्थ रहिएगा तुला राशि के लोग कि मई माह में जो है क्या क्या सहयोग बन रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए तुला राशि के जातकों कैरियर के दृष्टिकोण से हम देखें तो मई के महीने में आपको प्राप्त हो सकता है यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कैरियर में चार चांद आपके लगेंगे लेकिन एक चीज और बता दे ये जो माह रहेगा आप लोगों को नौकरी से मुंह भंग हो सकता है तो नौकरी से आप लोगों का मुंह भंग हो सकता है दूसरा कि किसी कंपनी के द्वारा आप नौकरी से निकाले भी जा सकते हैं जॉब की क्राइसिस आ सकती है आ, नौकरी के लिए मारा मारी हो सकती है तो नौकरी के प्रति बहुत ही ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है कोशिश कीजिए कीजिएगा नौकरी वगैरह आप लोग मत छोड़िएगा और यदि आपको कोई लेटर इत्यादि मिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि दूसरी जगह के लिए पहले से ही ट्राई करिए एक चीज और बता रहे हैं कि यदि आप कोई व्यापार करते हैं और सरकारी क्षेत्र से संबंधित व्यापार करते हैं जैसे कि आप कोई सरकारी जो है ठेकेदार है या कोई सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं तो सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्यों से आप लोगों को निश्चित रूप से तुला राष्ट्र जात लाभ आप लोग कमाएंगे लाभ करेंगे मई का महीना भुगतान का महीना है तो सरकारी क्षेत्र से संबंधित चीजों का भुगतान आपको हो सकता है साथ साथ ही विद्यार्थियों के लिए ये जो आ, माह रहेगा ये कुछ हद तक तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन कुछ चीजों के लिए चुनौतियों भरा रहेगा और चुनौतियों के बाद आप लोगों को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त तो हो सकती है साथ ही साथ तुला राशि के जातको पारिवारिक मामले में ये जो समय रहेगा ये चुनौती रहने की पूरी संभावना बनी रहेगी प्रेमी जोड़ियों के लिए मई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर के आया है जो लोग विवाहित है वैचारिक मतभेद ज्यादा होगा लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर आप लोगों के लिए हो सकती है इस दौरान परिवार के साथ लोगों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी आपके पैसे अधिक खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं स्वास्थ्य सा साथ ही साथ वित्तीय लाभ के लिए ये माह विशेष रूप से आपके लिए सकारात्मक महीना होगा आप अपने भौतिक और भौतिक सुखों पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देंगे और माह के, के, तो के, मा के उत्तरार्थ में संघर्ष की संभावनाएं बन सकती है आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध इस माह और ज्यादा मजबूत होंगे साथ ही साथ ससुराल पक्ष के कारण आप जो है इस माह आपको मोटा लाभ मिलेगा व्यापारी इस माह अधिक लाभ अर्जित करेंगे व्यवसायिक प्रगति भी करेंगे साथ ही साथ आपके भाई बहनों का समर्थन तुला राशि के जात को आपके लिए फायदेमंद साबित होगा आपको आय का एक नया साधन मिल सकता है लेकिन पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या से आप लोग रहेंगे। गैस की आएगी, की प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी बनाए साथ ही साथ इसमार प्रतिबंधी आपको कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे आपके शत्रु बढ़ेंगे लेकिन शत्रु स्वतः खत्म हो जाएंगे इस महीने उनको आपके शत्रुओं को कोई बहुत विशेष सफलता नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से आप लोग इस माह को एवरेज कह सकते हैं हमारे लिए लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा साथ ही साथ जो स्टूडेंट वर्ग हैं और कंसंट्रेशन करना चाहते हैं पढ़ाई के प्रति तो निश्चित रूप से आप लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोग हासिल कर सकते हैं साथ ही साथ जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में कोई ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उनका झुकाव है तो निश्चित रूप से लाभ होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए तुला राशि है आपकी शनि की ढैया प्रारंभ हो चुकी है तो हर शनिवार दस शनि प्रारंभ करिए शनि चालीसा का पाठ करिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक आपको जलाना रहेगा पहले ये दूसरी चीज यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा तुला राशि के जात को कि मंगलवार के दिन सुंदर का पाठ आपको करना है कुछ समफुट लगाना है विश्व भरण पोषण कर रोई ताकर नाम भरत अस इत्यादि तो के जो है मार्ग खुल जाएंगे इस माह के लिए सर्वदा शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे तो देखिए एक तारीख रहेगा उसके अलावा तीन तारीख है दो तारीख भी आपके लिए शुभ रहेगी पांच तारीख हो गई सात तारीख हो गई नौ तारीख हो गई ग्यारह तारीख हो गई दस तारीख भी आपके लिए सर्वदा शुभ रहेगी पंद्रह तारीख हो गई अठारह तारीख हो गई साथ ही साथ तेईस तारीख हो गई तो ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल दिवस है सत्ताईस और उन्तीस तारीख भी बहुत ही अनुकूल रहेंगे प्रतिकूल दिवस आप लोग नोट कर लीजिए इस दौरान शुभ कार्यो को मत करिएगा चार तारीख हो गई है छह तारीख हो गई सात तारीख हो गई दस तारीख की दोपहर के पहले का समय आपके लिए खराब रहेगा लेकिन दोपहर के बाद का समय अच्छा रहेगा बारह तारीख है चौदह तारीख है सत्रह तारीख है उन्नीस तारीख है बाईस तारीख है चौबीस तारीख और इकतीस तारीख है ये सब प्रतिकूल दिवस है कलर की बात करें तुला राशि के जातकों तो आपके लिए कलर, कलर साथ भाग्यशाली अंक, तो अंक, अंक, अंक रहेंगे तो दर्शकों उम्मीद करते हैं जो तो तुला राशि के जातक है उनको एक वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग तो लाइक कीजिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की ओर स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि देखिये जात को मई मही का महीना कैसा रहेगा इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़े तो आप लोगों से भी वही अपील करेंगे लाइक कीजिए वीडियो को हमारे जो है जम करके शेयर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बना बेलाइक जरूर करे तो वृश्चिक राशि के जात को कैरियर यदि हम बात करें तो कैरियर के दृष्टिकोण से मई मही के महीने में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं कंपनी में यदि आपका किसी से विवाद हो गया है तो कहीं दूसरी कंपनी में आप स्विच कर सकते हैं तो आप लोग जॉब चेंज कर सकते हैं आप लोगों को जो है नई नौकरी प्राप्त होगी ही होगी सेल्स से रिलेटेड लोगों, लोगों के लिए है साथ ही साथ यदि सरकारी क्षेत्रों की बात की जाए तो निश्चित रूप से आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए भी ये माह उपलब्धियों भरा रहेगा। वहीं यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें विद्यार्थियों की बात करें तो यह महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन के लिए इस महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी लेकिन जैसे जैसे इस महीने में आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा की आपको आपके माता पिता के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस कारण मन थोड़ा सा पैसों का खर्च ज्यादा होगा प्रेमी जोड़ों के लिए मई 2020 हजार मिले जुले परिणाम लेकर के आया है यदि आप शादी सुना है तो आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम और अपने पन के एहसास से भरपूर रहेगा आर्थिक तौर पर आपका यह महीना सामान्य रहने की संभावना है वहीं यदि हम आपके स्वास्थ्य संबंधी आप तो तो है उनको थोड़ा सा ध्यान है कि पुराने जो आपके प्रेम संबंध है उसके भेद ना खुलें क्योंकि महीने में चौदह तारीख के बाद से जैसे ही पंद्रह तारीख आएगी उसके बाद से आपके कोई पुराने रास आपके जीवन साथी के सामने हैं। इस महीने आपसी नकारात्मकता देगा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे भी मिलेंगे व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ और उपलब्धि मिलने की संभावना रहेगी जो लोग मॉस कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है प्रिंट मीडिया में है इन, ये ऐसे लोग जो तो काम करते हैं उनके लिए ये महीना काफी प्रगति का महीना रहेगा निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा सैलरी इंक्रीमेंट अचानक से अननोन से आप लोगों को जीवन में शांति और सद्भाव का वातावरण रहेगा के इस माह थोड़ा सा आलत से आपके ऊपर हावी रहेगा आप लोग कुछ मामलों में सुस्ती रख सकते हैं साथ ही साथ आपकी दिनचर्या को ही खराब कर देगी स्वास्थ्य ठीक रहेगा महीने के अंत में किसी बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं जो अचानक कभी भी हो सकती हम उपाय बताएंगे उसको आप लोग कर लीजिएगा वृश्चिक राशि के जातको भाई के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रह सकते हैं छात्रों के लिए ये महीना निश्चित रूप की उपलब्धि भरा रहेगा ही रहेगा साथ ही साथ बहुत कम काम से उनको मतलब क्योंकि तो दूसरों के लड़ाई झगड़े में पकड़ने के कारण आपके अपने काम नहीं हो पाते हैं आप लोग फंस जाते हैं अगला चला जाता है तो जो है कोई भी छोटा हो या बड़ा बात विवाद हो बिलकुल भी नहीं पड़ना है साथ ही साथ आप छोटे बच्चों के साथ बहुत ही का समय बिताएंगे अन्यथा तो आपको वापस नहीं मिलेगा साथ ही साथ यात्राओं का योग बन रहा है जरूरी दस्तावेज रख करके तब यात्राओं को यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अन्यथा कोई चलान इत्यादि आपका कर सकता है उपाय आपको प्रतिदिन लगाना रहेगा वहीं प्रतिदिन गुरु कवच का आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ बृहस्पति वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना और सात बार परिक्रमा करनी रहेगी साथ ही साथ तुलसी जी के पौधे के पास जो हर बृहस्पत वाल को आपको एक दीपक देसी प्रतिदिन जल्दी करके माता और पिता के आपको करने रहेंगे। से करके आपको जाने से पहले थोड़ी से ले लीजिएगा तब जाइएगा इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस आपके लिए कौन कौन से रहेंगे तो एक तारीख है दो तारीख है तीन तारीख है मतलब लगातार आपने हेट्रिक मान दी तो एक दो तीन तारीख हो गई इसके अलावा आठ तारीख हो गई है नौ तारीख है बारह तारीख है अठारह तारीख है उन्नीस तारीख है बीस तारीख है सत्ताईस तारीख है अट्ठाईस तारीख है उन्तीस तारीख है इकतीस तारीख है वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो चार तारीख है छह तारीख है दस तारीख है चौदह तारीख है सत्रह तारीख है बाईस तारीख है चौबीस तारीख है और सत्ताईस तारीख है तो दर्शकों ये तो आपके लिए रहेंगे प्रतिकूल दिवस इनमें आप लोगों को शुभ कार्यो को नहीं करना है को है। भाग्यशाली कलर की बात करें तो ऑरेंज कलर कलर आपके लिए और भाग्यशाली भाग्यशाली रहेगा। अंक की बात करें तो अंक एक और अंक आठ मतलब नंबर वन एंड नंबर एक ये दोनों आपके लिए बड़ा लकी नंबर रहेगा जो है नंबरों का प्रयोग करके आप लोग लौटरी इत्यादि भी जीत सकते हैं तो वृश्चिक राशि के जातको आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी जो अगली राशि आती है चेजिया, धनु राशि। देखिए धनु राशि के धनुराशि की मई का महीना कैसा रहेगा इस पर चलिए आप लोगों को बता देते हैं और आप लोगों से भी अपील है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा धनुराशि के जातको कैनियर के नजरिए से यदि हम देखें तो आपके जो है धनुराशि के जो लॉर्ड हो बृहस्पति ये नीचे भी चल रहे हैं और वकृत अवस्था में चल रहे हैं तो करियर के नजरिए से देखें तो मई महीने की शुरुआत में नौकरी जाती हुई आपकी दिखाई पड़ रही है जॉब से आप जो तो है मतलब कुछ कर देंगे साथ ही साथ नौकरी में 9 नौ मई के बाद कुछ आपको दूसरी जॉब प्राप्त हो सकती है अच्छा समय आ सकता है और इस दौरान आपको अपने वेतन में वृद्धि भी मिल सकती है है मतलब यदि आपने नौकरी छोड़ी और दूसरी जगह करते जा रहे हैं तो संभव है कि पहले से ज्यादा आपको दूसरे जॉब में वेतन वृद्धि हो साथ ही साथ इस माह व्यापारियों के लिए अच्छा रहने वाला है ऐसे व्यापारी जो कि लिक्विड चीजों से तरल पदार्थो से संबंधित व्यापार करते हैं उनको लाभ होगा विद्यार्थियों के लिए या महीना पूर्व की तरीके से सामान्य रहेगा लेकिन तो दिन के काफी अनुकूल रहेगा और धनु राशि के जो तो जातक हैं, ये परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना रहेगी रिजल्ट तो आ सकता है साथ ही साथ यदि इस माह पर नजर डाले तो मई माह के दौरान आपके कुटुम्ब में कुछ तीखी नोकझोंक हो सकती है यदि आप शादीशुदा है तो आपके रिश्तों में गलत फहमियों का दौर आ सकता है आर्थिक दृष्टि दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना आपके लिए काफी भाग्यशाली हो सकता है सरकारी पक्ष से आपको धन लाभ हो सकता है आपने पूर्व में कोई निवेश किया है आपको उसमें भी लाभ हो सकता है साथ ही साथ किसी को आपने उधार दिया है तो इस माह उधार प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये महीना आपके लिए बड़ा एवरेज रहेगा आप बीमार पड़ सकते हैं आपका वजन अचानक से बढ़ सकता है आपको ध्यान अच्छा सा डाइट हो उसका पालन करिएगा योग प्राणायाम इत्यादि जरूर करिएगा वही धनुराशि के लोगों को पूरे महीने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ेगा अच्छे चिकित्सक की सलाह लीजिएगा अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिएगा देखिये मुँह के छालों या दाँत दर्द जैसी समस्याओं की उच्च संभावना इस माह बन रही है आपके पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों के, पर के साथ संयमित संबंधों की संयम से ही काम लेना चाहिए अन्यथा कोई पुलिस केस इत्यादि भी इसमें हो सकता है कार्यस्थल पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है आपके आपके जो प्रतिद्वंदी है जो आपके इंटी है ये आपको कुछ नुकसान इस माह पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों को कई दिनों की छुट्टी मिलने की संभावना रहेगी हो सकता है कि जॉब से आप लोगों को छुट्टी हो जाए साथ ही साथ महीने के इस बीच में जो तो है किसी नए वृत्त संबंध की शुरुआत हो सकती है विवाह योग के व्यक्तियों को कोई रिश्ता आ सकता है साथ ही साथ पारिवारिक पारिवारिक मोर्चे पर आपको इस रिश्ते के साथ कोई दिक्कत हो सकती कोई आप इस पर चर्चा करेंगे और परिवार वालों के द्वारा आपके ऊपर कोई ना कोई चीज छोपी जाएगी जिसके कारण आप लोग कुछ डिप्रेशन में जा सकते हैं गंभीर बहस कर सकते हैं गंभीर चर्चा कर सकते हैं साथ ही साथ धनुराश के एक बात और बताते हैं कि दूसरों की निंदा करना बहुत आसान है लेकिन अपनी कमियों को देखना बहुत ही मुश्किल काम है तो दूसरों की निंदा करने से बचिएगा वैवाहिक या प्रेम जीवन में प्रेम में खटास आ सकती है साथ ही साथ आप अपने वंश के साथ सामान्य पूर्ण समय बिता सकते है जो लोग बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे है उनको सफलता अभी तक नहीं प्राप्त हो रही थी तो इस माह आप लोग प्रयास करिएगा निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होगी माह के अंत में आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होती भी दिखाई दे रही है साथ ही साथ आपके आपके वरिष्ठों के साथ संबंध सामंजस्यपूर्ण रहते हुए दिखाई दे है। रहे हैं इस माह आपको स्थान या नौकरी में बदलाव की भी संभावना रहेगी आप लोगों के ट्रांसफर इत्यादि भी हो सकते हैं तो धनुराशि के जात उपाय पर आप आ हैं उपाय बहुत जरूरी चीज होती है क्या करना रहेगा आपको देखिए शनि की आपके ऊपर का अंतिम चल रहा दीपक कवच पर आपको जलाना रहेगा हर बृहस्पतिवार को आपको नारायण कवच का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ सोमवार वाले दिन दूध में काला तेल डाल करके भगवान भोलेनाथ पर ओम नम शिवाय मंत्र से अभिषेक करिएगा शनिवार वाले दिन कुत्तों को कुछ जो है रोटी में सरसों का तेल लगा करके दे सकते हैं साथ ही साथ भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के आप उनके दर्शन करेंगे तो ठीक रहेगा माह में छायादानवश्य करिएगा गरीब लोगो को भोजन जरूर कर इस माह के लिए सर्वाधिक शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे तो देखिये एक तारीख है तीन तारीख है पांच तारीख है सात तारीख है नौ तारीख है तेरह तारीख है चौदह तारीख है पंद्रह तारीख है सोलह तारीख है बाईस तारीख है चौबीस तारीख है तीस तारीख है और इकतीस तारीख है वही प्रतिकूल दिवस की बात करें तो दो तारीख चार तारीख छह तारीख आठ तारीख दस तारीख बारह तारीख सत्रह तारीख उन्नीस तारीख सत्ताईस तारीख और उन्तीस तारीख जो है ये प्रतिकूल दिवस है भाग्यशाली रंग की बात करें तो पीला रंग आपके लिए भाग्यशाली रहेगा आपके लिए पिंक कलर भाग्यशाली रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर भाग्यशाली रहेगा वही भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक तीन और अंक नौ आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे रहेंगे तो तो दर्शकों ये था हमारा राशिफल तुला राशि का राशि राशि का धनु का कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और ज्यादा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बना हुआ बेलाइकन दबा सकते हैं यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन दे दिएगा नंबरों पर संपर्क करके विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं नमस्कार जय श्री राम